भाई जब तक गाड़ी नहीं आई थी मेरा जीव जीवर हो गया था ऐसा करना नहीं है तो फिर तुम भी ऐसा गलती मत करना क्या गलती कूपन के ऊपर इन गिराने का तो जानबूझ के थोड़ी क्या होता भाई एक्सीडेंट हो गया ना क्या यार भाई आप भी यार अरे नहीं नहीं नहीं क्या बात करते जेडाला तो दोस्तों तारक में दसो के डेली प्रोमो देखने के लिए आप हमारे चैनल सावन टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न